नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं अगर आप एक यूट्यूबर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लिए तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने अगर आप चैनल का नाम जो नाम है अगर आप सर्च करते हैं अगर आपका चैनल नहीं दिखता उसमें तो आप क्या कर सकते हैं और जो आपके टाइटल आपको टाइटल देने डिस्क्रिप्शन नहीं आता आपको डालना और वीडियो टैक्स नहीं आता डालना जिससे आपको वीडियो वायरल हो तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए मेरा नाम शिवम पांडेर आप देख रहे हैं थे नेटवर्क जैसे कि आपका जो चैनल है चैनल का नाम आप कुछ ज्यादा ही अलग टाइप के हैं मुझसे लोग को सर्च करने में दिक्कत आ रही है इसलिए आपका जो चैनल आप खुद भी सर्च करते पर चैनल नहीं। तो आपका चैनल है तो आपका सोल्यूशन ये है जिससे लोगो परेशान जैस जैसे कि अब आप अपने चैनल नाम बहुत शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हो अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो आप अपने गेमिंग के चैनल पे अच्छे से आप डाल सकते हो जैसे कि वाई टी गेम जैसे जो पहले से अवेलेबल क्योंकि तो इतने शॉर्ट जो नेम है अगर आपका आपको अपने नाम से चैनल बोलें तो अपना नाम डालिए और गेमर का डाल दीजिए अगर आपका अनबॉक्सिंग का है तो आप अपना नाम डालिए और टैग टिकनिकर डाल दीजिए जिसे लोग आसानी से आपका जो चैनल पर ढूंढ सकता है अब अगला बात करते हैं अगर गेम अनबॉक्सिंग का ही वीडियो बनाया है तो आप आप लोग रॉन्ग टाइटल डालेंगे जिस कारण जो सच करने पे आपको वीडियो जल्दी नहीं मिलता तो इसका सलूशन यह है जो आ, आ, आप, है, टाइटल आप टाइटल से डाल रहे हैं आप टाइटल इस तरीके से डाल सकते हैं तो आपको आसानी पड़ेगा जैसे कि अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग तो आप ऐसे डाल सकते हैं अगला डिस्क्रिप्शन आप में से बहुत लोग डिस्क्रिप्शन तो डालते ही नहीं आपको पता नहीं होता तो क्या डाल रहे तो मैं आपको बताता हूँ जैसे की आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वीडियो, वीडियो के बारे बताइए और आपके जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स था पहुँच वो भी डाल दीजिए और जितना लंबा डिस्क्रिप्शन होगा उतना ही ज़्यादा लोग आपकी वीडियोज देखेंगे हाँ लोग उनको लगेगा कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो है इसलिए डिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ा बनाएगा अब आ, आते हैं नंबर थ्री सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो आपको कैसे मिल जाता है क्योंकि वो इस तरीके से बनता है क्योंकि आप उन टैक्स टैक्स डाला रहा है और आपको टैक्स डालने के लिए आपको आपको टैक्स डालने के लिए सबसे पहले अपना YouTube स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा YouTube स्टूडियो में साइन इन करिए और साइन इन करने के बाद अब अपने YouTube स्टूडियो में आपको जो वीडियोस डाले रहेंगे उस वीडियोज में डालिए ऊपर एडिटिंग ऑप्शन रहेंगे एडिटिंग ऑप्शन पर क्लिक करिए और नीचे दिया रहेगा एट दट टैक्स टे उसमें टैक्स ऐड कर कर सकते हैं अब आपको पता नहीं है कि कौन सा टैक्स ज़्यादा जाए तो मैं आपको बता दे बताइएगा तो तीन तीन तरीके अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें रैपिड टैग टैग डालिए और टैग डालने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन मिलेगा उस पर सर्च करिए मैं, मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाऊँगा तो मैं डालूँगा अनबॉक्सिंग आईफोन इलेवन टू प्रो तो उसका कन्ियस जितने भी आ जाएंगे वो सब मेरे टैक्स रहेंगे उसको कॉपी करने के बाद आप अपने यूट्यूब स्टूडियो पर पेस्ट कर सकते हैं आप अगला अगला थे अगलाते अगर, अगर आपका फ़ोन है तो उसमें यू तो डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप वही सेम प्रोसेस है आप जो आपको वीडियो के बारे में सर्च करिए आपको बहुत सारे सारे टैक्स मिलेंगे आप तीसरा मेरा बहुत फेवरेट है जिससे मैं खुद खुद ही बहुत सारे डालते रहते हैं जैसे कि मेरा खुद है मैं जैसे YouTube स्टूडियो पे गया नहीं YouTube पे गया और YouTube पे ऊपर सर्च का आइकॉन पे क्लिक करता हूँ अनबॉक्सिंग से जितने भी आते हैं के सर अनबॉक्सिंग मलयालम में ये सब आते हैं तो वो सब मैं अपने वीडियोस की जगह डाल देता तो जो मेरे वीडियोज वो वायरल हो सकता है तो आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जिससे बाकी को भी मालूम चले कि आपने यूट्यूब चैनल्स का नाम कैसे डालने का टाइटल्स का टाइटल कैसे डालेगा और डिस्क्रिप्शन कैसे डालने का वीडियो टैग तक कैसे डालने का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए